हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम अनिता है और मैं उत्तराखंड काशीपुर से बोल रही हूँ और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे यूट्रेस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी भारीपन जलन दर्द बहुत ज़्यादा ही इस बीमारी ने मुझे परेशान कर दिया था मैं दो तीन साल से इस बीमारी से परेशान हूँ मैंने बहुत अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाई बहुत देसी दवाइयाँ खाई पर मुझे कोई भी आराम ना आया फिर मुझे एक दिन मेरी फ्रेंड जो ब्यास में रहती है रजनी प्रभा जी उनका मुझे कॉल आया उन्होंने मुझे बेनिफिट प्लस के बारे में बताया तो मैंने वो बेनीफिट प्लस दवाई मंगवाई और मैंने एक हफ़्ता उसे यूज़ किया और मुझे बहुत आराम आया मैं अंदर से बहुत खुश हुई उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताया कि मुझे 50 परसेंट आराम हो चुका है उसके बाद आज मुझे 15 दिन से हो गए ये दवाई लेते हुए और मैं इस बीमारी से बिल्कुल आज़ाद हो गई हूँ और मुझे कोई भी स्वेलिंग नहीं है कोई भी दर्द नहीं कोई भी जलन नहीं कोई भी भारीपन नहीं बिल्कुल ख़त्म हो गया है जड़ से बिल्कुल और मैं बहुत बहुत खुश हूँ और अपनी फ्रेंड रजनी प्राभा को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे बेनिफिट प्लस के बारे में बताया मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं बहुत खुश हूं क्योंकि इतने सालों के बाद मुझे आराम आया इसलिए मैं औरों को भी यही कहना चाहती हूं प्लीज़ आप भी एक बार बेनिफिट प्लस के बारे में जानकारी लें और इस दवाई को यूज़ करें आपको भी 100 परसेंट आराम आएगा धन्यवाद